हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आयो आप अच्छे होंगे तो जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहता हूं वैसे ही मैं आज एक वीडियो और लेकर के आया हूँ हमारे पास एक रियल का फ़ोन है ये रियल मी थ्री है जैसे कि आप ये देख सकते हैं रियल का थ्री मॉडल है ये और ये किसी यूज़र ने इसमें पासवर्ड इसका जो है वो भूल गए हैं आप देख सकते हैं इसका जो पासवर्ड है किसी यूज़र ने यहाँ पर भूल चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसके पासवर्ड को हम ईज़िली रिमूव करेंगे और बिना किसी कंप्यूटर के बिना किसी ऐप के और कोई भी पी यूज़ नहीं होगा फ्रेंड्स और इसके पासवर्ड को हम रिमूव करेंगे बहुत इजीली तरीके से तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको पता है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट मिनट तक ज़रूर देखिएगा तो ये रेड वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें तो चलिए फोन को प्रॉपर कर लेते हैं ऑफ फोन को प्रॉपर हम कर लेते हैं ऑफ यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ करने के बाद आपको इस फोन को ले जाना है रिकवरी मोड पर तो हमने यहाँ पे फोन को कर लिया प्रॉपर ऑफ अब यहाँ पर आपको ले जाना है फोन को रिकवरी मोड पर तो इसकी वैल्यूम डाउन और पावर की को आपको प्रेस करके रखना होगा ये देखिए और जैसे ही हो जाए तो आपको यहाँ पे पावर की छोड़ देना है देख सकते हैं आपको रिकवरी मोड यहाँ पे दिखे ये देखे रिकवरी मोड तो आपको केवल सिंपल सा मैंने आपको बताया था कोई भी पीसी कोई भी यूज़ नहीं करना है आप इसको देख सकते हैं तो ये देख सकते हैं आगे यहाँ पे इंग्लिश तीन लैंग्वेज आगे यहाँ पे तो आप अपना इंग्लिश यूज़ कर लेंगे उसके बाद आप देख रहे हैं सिंपल सा वाइप डाटा लिखा हुआ है फ्रेंट तो ये ट्रिक अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट इंट तक जरूर देखें तो वाइब डाटा जैसे ही आप करेंगे फ्रेंड तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड जनरेट हो रहा है 5384 ये जो एंड्रॉयड वर्जन 11 होता है उसमें ही ये कोड जनरेट होता है और सब फ़ोनों में नहीं होता है तो आप ट्राई कर सकते हैं किसी भी रियलमी और ओप्पो के फ़ोन में तो ये देख सकते हैं। जो कोड है ऐसा नहीं कि फाइव फाइव थ्री कोड है ये आपका रिसेट होता रहेगा जितनी बार आप वाइब डाटा पर जाएंगे उतनी बार ये रिसेट ये कोड जनरेट होता रहेगा तो हम इस कोड को डाल देते हैं फाइव थ्री मैं वही कोड डाल रहा हूँ एट फोर देख सकते हैं मैंने फाइव थ्री एट फोर यहाँ पर डाल दिया तो आपको कर देना है फॉर्मेट और ये आपको कर देना फारवर्ड तो बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी पीसी, कोई भी एपीके के माध्यम से नहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ईजली अनलॉक हो जाएगा रियलमी थ्री ऐसे मैंने इसके अभी इससे पहले इसका जो फ़ोन था सिस्टम करप्ट हो गई थी फ़ाइल वो भी वीडियो हमने बनाया है तो वीडियो आप अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर जाइए और इसका वीडियो आप देख सकते हैं इसी फ़ोन का वीडियो था जो कि इसमें हमने दिखाया था आपको कि इसकी सिस्टम फाइल जो करप्ट हो गया था तो हमको हमने इसको फुल फ्लैश किया है अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं तो ये वाइप डाटा हो रहा है और जैसे ही हो जाएगा मैं फाइनली इसको लास्ट तक ओपन करके आपको दिखाऊंगा ये देखिए सक्सेस हो चुका है और आपको सिंपल सा ऐसे क्या कर देना है फ्रेंड अपने आप ये रिबूट हो गया आपको रिबूट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है ये सिंपल सा ये रिबूट हो चुका है हमारा फ़ोन अब ये देखिए फर्स्ट लोगों पर आ गया है सेकेंड लोगों पर आ जाएगा और आपको लास्ट एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत कम समय में इसकी अनलॉकिंग कोई भी ऑनलाइन नहीं कोई भी ऑफलाइन नहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपने हार्ड uh, सेट से ही आप इसको बहुत ईजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं तो ये आप देख सकते हो और ये वही फ़ोन है आई बटन पे जाइए इसकी फुल फ्लैशिंग की वीडियो देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो कि मेडा टेक से रिलेटेड ओप्पो वीवो रियलमी कोई भी फ़ोन हो जो मेडा टेक से रिलेटेड हो कैसे फ्लैश करते हैं यही मेथड सारे में काम आता है तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा बूटिंग में टाइम लगेगा क्योंकि ये फ़ोन अभी फॉर्मेट हुआ है तो यहाँ पर बूट होने में फ्रेंट थोड़ा सा टाइम लगेगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सिंपल ही तरीके से अनलॉक हो गया है बहुत ईजी तरीके से अनलॉक हो चुका है अब ये इसमें एफ पी लगा हो कुछ भी लगाओ फ्रेंड तो आपको सिंपल सा सिंपल आपको जाना है इमरजेंसी कॉल पे जाना है इमरजेंसी कॉल पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है यहाँ पर सी, सीधा स्टार हैज़ आठ हैज़ आप जैसे इसको क्लिक करेंगे और ये फ़ोन आपका चुटकी में अनलॉक हो जाएगा जितने टाइम मैंने बोला है उतने टाइम में ये फ़ोन अनलॉक ऑटोमेटिकली ये होम स्क्रीन पे आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कुछ भी नहीं किया है कोई मैजिक नहीं है छोटी छोटी ट्रिक है जो आप कर सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर बिना अगर आपके पास ये रियलमी 3 फोन आता है अगर आप मैंने रियल 2 का भी डाला हुआ है तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और रियल मी थ्री रियल आप देख सकते हैं सबकी ऐसे ही हमने यहाँ पर डाला हुआ है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये बहुत ईजी तरीके से अनलॉक हो गया है जो कि यहाँ पर लगा था पासवर्ड चाहे इसमें पैटर्न लगा होता पासवर्ड लगा होता कुछ भी लगा होता इसी तरीके से ये हमारा अनलॉक हो चुका है ट्रिक अगर को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच